एक बार फिर से स्वागत है हॉस्टल वा की क्लास पर आज से स्टार्ट करते हैं आज, आज आपका सात नवंबर है हॉस्टल वे के क्वेश्चन देखेंगे कंप्यूटर के पचास एमसीक्यू देखने वाले हैं जो कि आपके विगत वर्षों के प्रश्न लेकर आए हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है अगर जो लोग चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से वीडियो को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा लेटेस्ट एम लेटेस्ट वीडियो अपलोड की जाती है ज़्यादा समय न गम हुए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं टोटल कंप्यूटर के 50 एम देखेंगे जो कि आपके विगत वर्ष क्वेश्चन है मैं बार बार बोल रहा हूं जो लोग व्यापम की तैयारी कर रहे हैं छात्रा शिक्षक के उसके लिए बेस्ट क्लास लेकर आए हैं एक नवंबर से हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री क्लासेस प्रारंभ हो चुकी है छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान की जो क्लासेज होती है रात आठ बजे होती है और गणित की क्लास पाँच बजे होती है ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन है आपका डब्ल्यू का विस्तार होता है तो डब्ल्यू का विस्तार होता है विंडो मीडिया वीडियो तो आपके आंसर कौन सा दिख रहा है विंडो मीडिया वीडियो आपका आंसर बी हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यह निम्न स्त्री प्रोग्रामिंग भाषा का अनुवाद है कल के क्लासेस में हमने देखा था छत्तीसगढ़ के विज्ञान की क्लास में ठीक है अब यहाँ सेकंड क्वेश्चन है कि निम्न स्त्री प्रोग्राम है एस एम ठीक है उसके बाद हो जाएगा एसएमएस वर्ल्ड डॉक्यूमेंट डॉट डॉट बटन दबाने पर फाइंड एंड रिप्लेस टेबलेट्स वॉक खुलता है तो इसका आंसर आ जाएगा एफ फाइव ए फाइव क्या है एम एस वर्ल्ड डॉक्यूमेंट में बटन दबाने से ठीक है जो ए फाइव होता है वो आपको फाइंड एंड रिप्लेस बाग से डायलैक्ट बाग से खुलता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर वायरस क्या है कंप्यूटर वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम है कंप्यूटर प्रोग्राम है, है तो आपका आंसर में एक कंप्यूटर कोड भी होता है ठीक है कंप्यूटर कोड होता है ठीक है कंप्यूटर प्रोग्राम भी कह सकते हैं कोड भी कह सकते हैं तो कंप्यूटर वाले क्या है? है, होता है कंप्यूटर वाले से कंप्यूटर कोड होता है कंप्यूटर प्रोग्राम तो भी होता है ठीक है ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट है कंप्यूटर देखिए मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि सीजी व्यापम कंप्यूटर के क्वेश्चन पेपर आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा ठीक है निःशुल्क क्लासेस कराई जा रही है एक नवम्बर से प्रारंभ हो चुका है ठीक है जो लोग नए हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ठीक है चलिए निम्न में से कौन सा परम सुपर्क श्रेणी का सदस्य नहीं है तो आपको हो जाएगा परम क्रांति ऑप्शन ए नोट है बीट का टाप होता है बीट का टाइप होता है मतलब बाइनरी डिजिट बाइनरी डिजिट ठीक है ये आपका आंसर ए, ए हो जाएगा सॉरी ये नहीं ये ऑप्शन डी हो जाएगा ठीक है इसके बाद है निम्न में से कौन सा हिंदी वारस है आप सभी को मालूम है हिंदी वारा ए वस्त माइक क्विकिल नॉर्थन और कास्पर इसका ये सब हिंदी वारस है तो आपके ऑप्शन में है ए वस्त नॉर्थन ठीक है उपयुक्त तो सभी हो जाएगा आंसर डी ठीक है इसके बाद है निम्न में से कौन सा प्रिंटर आमतौर पर डेस्कटॉप टॉप पब्लिशिंग हेतु तो उपयोग में लाया जाता है तो आपका हो जाएगा लेजर प्रिंटर जो लेजर प्रिंटर होता है वो आपको पब्लिश के लिए उपयोग में लाया जाता है इसके बाद है निम्न में से थ्री प्रिंटिंग तकनीक का आविष्कार किसने किया है तो आपका हो जाएगा चार्ल्स हुल ने किया है ठीक है किसने किया चार्ल्स हुल ने थ्री प्रिंटिंग तकनीक का आविष्कार किया है हॉस्टल वाडाना क्वेश्चन पेपर का पी डी आप सभी को बिल्कुल फ्री में दे दूँगा ठीक है एव का होता है एव मतलब एव ठीक है एवैक्स का ग्रीक शब्द होता है जंक ईमेल को क्या कहा जाता है तो आप कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा ये ग्यारहवा का क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि जंक ईमेल को क्या कहा जाता है ठीक है मेरे हिसाब से स्कूप कहा जाता है लेकिन आप लोग बताइएगा इसका आंसर कौन सा होगा ठीक है सर्च इंजन से प्राप्त कर सकते हैं तो सर्च इंजन से वीडियो प्राप्त कर सकते हैं इमेज प्राप्त कर सकते हैं डॉक्यूमेंट प्राप्त कर सकते हैं यानी कि उपरोक्त तो सभी होगा इसके बाद है ए का विस्तार होता है तो ए का विस्तार आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा क्या हो जाएगा सर्च इंजन ऑप्टेमाइजेशन ठीक है निम्न में से कौन सा भंडारण माध्यम 25 जी से अधिक भंडारण कर सकता है तो आपको ब्लू रेड डिस्क हो जाएगा ठीक है ब्लू रेड डिस्क है जो 25 जी से अधिक भंडारण क्षमता कर सकता है इसके बाद एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो जीरो और वन की लंबी श्रेणी में बनाया गया है इस प्रोग्राम को क्या कहा जाता है तो देखिए जो एक जीरो वन और लंबी श्रेणी उससे मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम कहा जाता है ठीक है नेक्स्ट है निम्न में से कौन से स्टोरेज मीडिया के अवसूचित एक्वेटम प्रदान करता है तो आपका हो जाएगा मैग्नेटिक टेप ठीक है मैग्नेटिक टेप है जो स्टोरेज मीडिया को स अधिग्रम प्रदान करता है ठीक है यहाँ तक हो गया इसके बाद है आपका क्विक टाइम फार्मेट के द्वारा विकसित किया जाता है तो क्विक टाइम फार्मेट एप्पल के द्वारा विकसित किया जाता किस है किसके द्वारा एप्पल ठीक है एप्पल के द्वारा विकसित किया जाता है आपका आंसर सी हो जाएगा नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर है तो निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर है तो आपको हो जाएगा हैकू कु। हैकू जो है एक ओपन सिस्टम का सॉफ्टवेयर होता है ठीक है इसके बाद कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है वो है, है? आपका जायस्टिक है ठीक है जायस्टिक आपका आंसर सी हो जाएगा इसके बाद है इंक जेट प्रिंटर के मूल रंगों के कार्टिजों की संख्या आप सभी को पता है चार होती है ठीक है मूल रंगों के है? चार निम्न में से कौन सा सही नहीं है तो निम्न में से कौन सा सही नहीं है ये आपका बी हो जाएगा ठीक है बी हो जाएगा जब फाइल को रिसाइकिल बिन में भेजे बिना डिस्क में फ्री स्पे हो सकता है ठीक है ये आपका भी हो जाएगा फ्रॉक क्या है फ्रॉक एक नई प्रक्रिया का बनना होता है फ्रॉक नई प्रक्रिया का बनना होता है ठीक है बनना ठीक है एक नई प्रक्रिया का बनना होता है इसके बाद बाई डिफॉल्ट किस पन्ने पर होता है यह हेडर ये जो हेडर और फूटर है प्रिंटर रहता है हर पन्ने पर होता है हर पन्ने पर होता है या प्रत्येक पन्ने पर ठीक है इसको नोट कर लीजिएगा हर पन्ने पर या फिर प्रत्येक पन्ने पर तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा पहले पन्ने पर नहीं होगा राकेश हर पन्ने पर होगा मैं आप सभी को मैं बोल चुका हूँ कि एक नवंबर से हमारे YouTube चैनल पर बिल्कुल फ्री क्लासेस पढ़ाया जा रहा है जो लोग हॉस्टल ऑडरने की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट क्वेश्चन लेकर आया हूँ 70 परसेंट गारंटी देता हूँ ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं मिला तो वीडियो को डिसलाइक कर देना ठीक है चलिए नेक्स्ट है आप सभी के लिए कि स्लाइड शो देखने के लिए स्लाइड शो एफ से देखते हैं ठीक है उसके बाद है कौन सा ई पता का भाग नहीं हो सकता तो आपका स्पेस जो है ठीक है स्पेस है आंसर इसका और यूहू गूगल और एम क्या होता है याहू गूगल और एम क्या होता है एक इंटरनेट साइट है इंटरनेट है इंटरनेट के माध्यम से इसको उपयोग किया जाता है उसके बाद है जीमेल द्वारा भेजी जाने वाली एक फाइल की अधिकतम क्षमता कितनी होती है आप सभी को मालूम है कि जी द्वारा भेजी जाने वाली अधिकतम क्षमता पच्चीस एम होती है ठीक है पच्चीस एम होता है इसके बाद हो जाएगा किसी फाइल को स्थाई तौर पर रिसाइकल बिन में भेजे बिना डिलीट करने के लिए शिफ्ट प्लस डिलीट जब बात नहीं क्या शिफ्ट प्लस डिलीट ठीक है इसको नोट कर लीजिएगा शिफ्ट प्लस डिलीट इसके बाद है एमपीजी किस प्रकार का फाइल है तो एमपीजी क्या है एक वीडियो है ठीक है वीडियो एमपीजी एक वीडियो है जबकि आईएमजी एम आई एम जी क्या है एक इमेज है ठीक है एक इमेज है फोटो ठीक है इसको फोटो भी बोलते हैं ये आपको एग्जाम में आया हुआ है जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये विगत वर्षों में कम से कम दो तीन से तीन बार पूछा गया है ठीक है इसके बाद है आपका सीडी डी रोम क्या है सीडी डी रोम का मतलब होता है कम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी कम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म क्या होता है कंपैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी होता है जो आपके आंसर में नहीं दिया है तो इसके आंसर में उपरोक्त में से कोई नहीं होगा डीवीडी क्या है डीवीडी एक डिजिटल वीडियो डिस्क है ठीक है डिजिटल वीडियो डिस्क ये ऑप्शन हो जाएगा उसके बाद है जाएगा खोज इंजन बैजू कहाँ से प्राप्त हुए जो वैद्यू है आपका चीन से प्राप्त हुआ है ठीक है इसके बाद है ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग आपके आंसर कौन सा हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग सी हो जाएगा गीगो एक क्या है गियो एक शुद्धता शब्द है ठीक है गीगो एक शुद्धता शब्द है इसके बाद लेज़र प्रिंटर से क्या प्राप्त है जो लेजर प्रिंटर होता है वो एक पेज प्रिंटर होता है इसके बाद है किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहा जाता है इसको बारकोट कहा जाता है ठीक है बारकोट कहा जाता है वेब कॉलर को भी कहा जाता है बेबी स्पाइट कहा जाता है बेबी स्पाइट यानी कि बेबी स्पाइट कहा जाता है चीन में सबसे प्रसिद्ध सर्च इंजन कौन सा है तो चीन में सबसे प्रसिद्ध इंजन बैदू है ठीक है बैदू डेजी प्रिंटर एक प्रकार का इंपैक्ट प्रिंटर है ठीक है डे प्रिंटर एक प्रकार का इंपैक्ट प्रिंटर है एम एस डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग चेक करने के लिए एफ सेवन का प्रयोग करते हैं और स्लाइड शो देखने के लिए एफ फाइव का प्रयोग करते हैं तो आप बताइएगा कि एफ थ्री देखने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं ठीक है आप कमेंट में ज़रूर बताएँ इसके बाद हो जाएगा कि किसी व्यक्ति की पहचान के हेरा कर किसी व्यक्ति की गोपनीय सूचना प्राप्त करना क्या कहलाता है तो आपका फिशिंग स्केम कहलाता है ठीक है फिशिंग स्केम कहलाता है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर के खाली सन के माध्यम से जुड़े होते हैं तो आपका पोर्ट्स के माध्यम से जुड़े होते हैं ठीक है इसके बाद ज्वाइंट फोटोग्राफी ये जो आप सभी को बताया था वो इमेज के लिए होता है ज्वाइंट फोटो अभी हाल ही में पहले बताया हुआ मैं ठीक है और जो एम फोर होता है वो आपका वीडियो होता है ठीक है एम वीडियो होता है आई क्या होता है जी एक फोटो इमेज होता है इमेज ठीक है इसके बाद है एक्सल सीट की पंक्ति को छुपाने के लिए कंट्रोल प्लस नाइन ठीक है कंट्रोल प्लस नाइन इसके बाद हो जाएगा यह एक यूनिट की जैसा मुक्त ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा एक वीडियो के तारतम्य से बना होता किसके तारतम्य से बना होता फ्रेम के तारतम्य से ठीक है इसके बाद निम्न में से अलग कौन सा है तो बायोस बायोस क्या है एक अलग है क्योंकि देखिए सीडी डी फ्लॉपी और एच सब अलग है ठीक है इसके बाद एक्सल सीट के पूरी कॉलम स्तंभ को चैन करने तो शॉर्टकट क्या है तो आपको कंट्रोल प्लस स्पेस बार इसके बाद है आपका पर निम्न में से कौन सा सबसे तेज एक्सेस टाइम है तो सेमी कंडक्टर हो जाएगा सेमी कंडक्टर नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए की उच्च गुणवत्ता कैड सिस्टम ड्राइंग ग्राफ प्रिंट है टू डिवाइस का उपयोग किया जाता है तो आपका हो जाएगा फ्लाटर्स ठीक है आप सभी के लिए मैं 50 एम से ही करा दिया हूँ पार्ट वन वीडियो है ये आप सभी के लिए पार्ट वन वीडियो पहला वीडियो था इसका पार्ट टू वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा लेटेस्ट टाइम लेटेस्ट वीडियो अपलोड की जाती है डेली क्लासेस प्रारम्भ हो चुकी है एक नवम्बर से हमारे क्लासेज स्टार्ट हो चुकी है छत्तीसगढ़ व्यापम की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है रात आठ बजे शाम पाँच बजे और सुबह नौ